लेकिन पाभी एक बारी सील तुड़वा दो ना अखरोट है जो तुड़वा समझ रहे हो हो समझ बड़ा कुछ फ्यूचर व्यूचर का भी सोचे हो या फिर यही टारगेट है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसी महीने पेपर भरेंगे अच्छा एक बात बता देते हैं या या तो नौकरी मिलेगी या फिर तू तू समझा? समझा नहीं नहीं। भाभी तुझको कुछ कहना चाहते हैं। बुरा तो नहीं मानोगी बोलो भाभी थोड़ी सी प्रैक्टिस ना हमें भी करवा दो एहे, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है है ना ना आएगा का ग्राउंड नहीं हम हम तो किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी में मेहमानों का हक तो होता ही है ना जो अभी आया नहीं है जब आ जाएगा तो फोन करके बता देंगे अभी जाओ यहां से बहुत काम है मुझे प्यारी समझ गयी <laughs> बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हाँ भाई कैसी लगी <laughs> आगे स्वाद और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी बड़ा हरामी हो बेटा <laughs> कर रही तुम्हारा इलाज कर रहे हैं साफ बात मालूम ना कैसा लेते फिर बताओ इतना माधक लड़का पैदा करी हुई मैं कि क्या होता इस बात के ऊपर चौसठ मुठो की सलामी बनती है माधव चौध इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी <laughs>